दोस्तों अगर आप YouTube चलाते हो तो मिस्टर इंडियन हैकर इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल YouTube चैनल आपने जरूर देखा होगा जी हाँ दोस्तों मैं आज आपसे दिलराज भाई की बात कर रहा हूँ दिलराज भाई की बात आज जानकर शौक हो जाओगे क्योंकि दिलराज भाई जब अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकले थे तो दिलराज भाई ने मासूम बच्चों को न सिर्फ अपने पैसे बल्कि अपने खाने तक का सामान तक दे दिया जी हाँ दोस्तों दिलराज भाई आप हमेशा हम सभी के दिलों का राज करोगे दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग